भैया एक ब्राच चाहिए कौन सी ब्रा चाहिए फुल कॉर्न ब्रा चाहिए पूछा ब्राच चाहिए आप साइज बता दीजिए आपकी बट भैया मैं साइज ही तो नहीं पता है क्या क्या बोला आपने जरा जोर से बोलिए बोली साइज नहीं पता बता पाओगे क्यों नहीं पैतीस साल से बेच रहा हूँ अगर एक एम का भी फर्क पड़ गया तो दुकान बंद कर दूंगा और अभी तो रुको क्लाइमेट अभी बाकी है आप आपके बाल पीछे लीजिए और ड्रेस टाइट कीजिए चौंतीस सी लगेगा चौंतीस सी लगेगा आपकी भी साइज बता दो हमारे पास तो था था। हाँ जी बहन जी क्या चाहिए जी भैया इस मटेरियल में 40 साइज हाँ। की देख हाँ, हाँ बोल हे डैड सब आप क्या कर रहे हो ओ मैं बहन जी की ब्राह निकाल रहा हूँ छोटा छोटा चार जन चुप करेंगे फोर्टी टू एकदम फिट अच्छा दायर, मेरी बात सुनो जरा। भैया बयालीस हाँ? दे दो हाँ अरे 42 एकदम अरे भैया बोला ना न नहीं चाहिए, चालीस दे दो कैसी बातें करती है? है आपको कैसे पता? कमाल है? साइज मेरा है, मुझे पता होगा या तुम्हें पता होगा हो जी मैं ब्लाउज देख के ब्राकर साइज बता देता हूँ तो इनके हम तो मुझसे इनका साइज के लेके जाते हैं going to rack him up 10 will kill him with a 10 legacy <laughs> funny